तू तो ही मेरा जुनो तो तू ही तो मन्नत मेरी तु ही रू खास को तु तो ही अखीओ की झंडक तुह तो दिल की हदस्त और कुछ ना जानो, बस इतना ही जानो तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करो सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करो तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करो कैसी है ये दूरी कैसी मजबूरी मैंने नजरों से तुझे छू लिया हो कभी तेरी खुशबू कभी तेरी बातें बैन मांगे न जानो बस इतना ही जानो तुझ मे रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ मे रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझमे रब दिखता है यारा मैं क्या करो छमछम आए मुझे तेरा साया छेर के चुमता ओ हो, हो तुझे मुस्काए तुझे शर्माए जैसे मेरा तू तो ही मेरी है बरकत तू तो ही मेरी बात और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू तुझ मे रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ तुझमे रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं रब ने